क्या मैं मैं बता रहा हूँ क्राफ्ट ने एक दिन अचानक से नींद से उठेंगे सुबह सुबह उठेंगे ऐसे उठेंगे आज गेम लॉन्च होगा नहीं पहले अनाउंसमेंट आएगी फिर थोड़े दिन वेट होगा उसके बाद गेम आएगी हाइप बनेगा अनाउंसमेंट होगी पता चलेगा क्या होना गेम आएगी, तो पार्टी का पता चलेगा कुछ तो पता चलेगा ऐसे थोड़ी के, अचानक से उठते ही सीधा प्ले स्टोर में गेम नहीं होता है वो ऐसा थोड़ी करेगी कॉल करके बताएंगे किसी कास्टर को या किसी को भाई सुनो गेम परसू आ रही है आज से हाईपरा जल्दी से जाके ऐसा कुछ नहीं होगा भाई कल को शॉपिंग अरे पत, पता में नहीं, तो नहीं तो यार थोड़ी इन्वाइट देंगे लॉर्ड ए के एके को भाई को आएगा इनवाइट अभी अरे उसने ऐसे ही बोला होगा ना मजाक में तो भाई बंधो ने तो फ्लिप कार्ट ली